बच्चों को फोड़े फुंसियां बहुत होती हैं एक एक चम्मच गुआरपाटे का रस तीन चार दिन पिला दो तो सब फोड़े फुंसियां होना बंद गर्मियों में घमोरियां बहुत हो जाती हैं तो गुआरपाटे का इस्तेमाल कर सकते हैं मनुष्यों में पुरुषों को एक बहुत खराब बीमारी होती है उसको बार सिचिंग कहते हैं दाढ़ी बनाओ ना उसके बाद लाल लाल खुंसियां हो जाती हैं उनको बोलो कि ग्वारपाटे का रस लगा के फिर शेविंग करें तो कभी ये तकलीफ नहीं आती बहुत अच्छी दवा घर में है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 और अगर बहुत अधिक जरूरत पड़ेगी तो रसोई से दो चार कदम ही आगे जाना पड़ेगा कोई न कोई वृक्ष कोई न कोई पौधा कोई न कोई फल ऐसा है जो आपकी सब बीमारियों को ठीक करेगा